अगर कोई इंसान दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं ये पैसों के लिए मर रहा है और मेहनत ना करे तो कहते हैं कि निकटू है पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची दिखावा कहा जाता है और पैसे ना खर्च करो तो उसे कंजूस व मक्खी चूस कहा जाता है अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे की दो नंबर का होगा और अगर पैसा कम होता तो कहेंगे की यदि थोड़ी सूझबूझ होती तो आज ये हाल ना होता और जिंदगी भर की मेहनत ऐसी जमा किए गए पैसों के लिए कहा जाता है की बेबकूफ है